हेलो गाइज़ हवा यू आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए तो आज मैं लेके आया हूँ फ्री फायर न्यू अपडेट तो इसमें फुल ट्यूटोरियल है ये कार आई है देखो भाई कार की स्किन है और ये इमोट आया है बहुत अच्छा वाला इमोट है तो चलो मिलते हैं गेम में तो गाइस ये देखो ये इधर ग्राउंड भी चेंज हो गया है तो थोड़ा और ये अपना प्लान और हम जा रहे इधर तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और इन्जॉय करना तो चलो भाई वो ऊपर ही ऊपर बंदा उतरा है। आराम से खेलेंगे नो तो भाई बंदा बंदा बोरा बंदा भाई अरे भाई भाई भाई भाई हेल्प कर भाई हेल्प कर भाई मार उसको मार मार मार मार मार उसको मार मार मार मार मार भाई भाग भाग भाग आया आया आया आया अरे यार अरे भाई पूरा गेम डिस्टर्ब हो गया यार चलो दूसरे गेम में मिल जाएगी तो अपने भाई को सपोर्ट करना बंदा बंदा बंदा बंदा, बंदा। क्या चलो इसको मार के लुटते और किधर है बंदा बंदा भाई आपको मेरे साथ खेलना हो तो आईडी डी लिंक डिस्क्रिप्शन में है चेक आउट करें चलो ये भी गया और किधर है बंदे चलो ढूँढते तो इधर आ गए हम और बंदे को ढूंढ रहे अभी बंदा भाई ये न्यू अपडेट है लेटेस्ट ये गया भाई इसमें गन की स्किन सुनिए बहुत मस्त वाली, अगर उसका उसका आपका देखना है तो कमेंट करें मैं नया वीडियो बना दूंगा फुल टूटोरियल के साथ चल ये भी गया किधर है किधर है किधर है भाई बोरा बोरा बोरा किधर है चलो तो ये भी गया तो गा चैनल को लाइक करना मत भूलना गाई अपने भाई को सपोर्ट करो फुल तो अभी हम वापिस आ रहे हैं बंदा ढूंढने ओ भाई पीछे बंदा पीछे पीछे पीछे चलो चलो चलो भाई चलो भाई भाई अरे अरे भाई भाई भाई भाई भाई, भाई, भाई, भाई। जा चलो गया चलो गया तो ये, ये, रह, ये, रह, ये रह। कर रहे लाइक गया ये दूसरा गया चलो चलो ये तो गाय चैनल सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना कर भूलना गाय सपोर्ट करना ब्रो दो बंदे रहे हमारे दो तो बंदे इधर इधर फैक्ट्री आ गए हम और इधर देखो बंदे ढूंढते हो हो तो, तो ये ये भैया चलो भाई हो गया तो भाई सब्सक्राइब करते ना लाइक करना शेयर करना कमेंट करना थैंक यू जय हिंद जय भारत